तो चढ़ते हुए सूरज की तरह चढ़ेंगे आप गुजरते दिन की तरह ढलते रहो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन अभी तो हम गेम में आए हैं कृपया आप ऐसे ही चलते रहोके